तो हे एक कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि आप 5G के बारे में अभी तो फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहा है 5G। 5G के बारे में तभी लोग सभी लोग जान रहे होंगे कुछ लोग नहीं भी जान रहे होंगे तो आज की जो वीडियो है उसमें उसी में उसी में बात करने वाला हूँ दोस्तों ठीक है आज की जो वीडियो है उसमें फाइव के बारे में पूरा पूरा आपको डिस्कशन करने वाला हूँ कि फाइव क्या है फाइव कैसे हुआ क्या क्या हुआ उसी के बारे में फाइव के बारे में बता रहा हूँ ठीक है चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ठीक है दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ठीक है 5G क्या है ठीक है 5G 5G फाइव जी यानी जी क्या है G यानी कि जनरेशन हो गया दोस्तों G हो गया जो है वह जनरेशन है यानी कि पहले आया वन जी टू जी थ्री ठीक है अब ये देखिए वायरलेस टेक्नोलॉजी पर यह बेस रहेगा पूरा का पूरा जो है वह आप सभी लोग जानते होंगे फोर यूज कर रहे होंगे तो फोर जितना स्पीड दे रहा था उससे कई गुना अधिक आपको 5G जी में देने वाला है ठीक है 5G के आने से आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा दोस्तों 5G के आने से जानते हैं आपको बहुत सारा फायदा हो जाएगा कोई भी गेमिंग करने में लाइव करने में और भी अदरवाइज कोई भी प्लेटफॉर्म पर आपको फाइव से स्पीड बढ़ जाएगा और आपका काम भी आसानी से हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों मैं आगे आपको मैं बता रहा हूँ जो 5G के बाद आप 5G का शुरुआत कैसे हो 5G से पहले आपको बता दे रहा हूँ दो, दोस्तों 5G से पहले 1G आया 2G आया 3G 4G इसके बाद जाकर 5G आया ठीक है थीका? तो मैं पहले सबसे पहले बता रहा हूँ आपको 1G जो है वह कब आया था 1G जो है आपको दोस्तों फर्स्ट जनरेशन वन का मतलब आपको फर्स्ट जनरेसन हो गया आपको आया था यह उन्नीस पी में आया था ठीक है दोस्तों ठीक है इसी वन जी के नाम से आया था ठीक है थी, इसमें सिर्फ आप बात वगैरह कर सकते थे उसके बाद आया सेकंड जनरेशन यानी कि टू जी ये टू जी का स्टार्टिंग हुआ था 1990 के दशक में ठीक है टू जी के आने से तो जानते हैं कुछ भाद... आपको वॉइस जो है ना वो फिर बात कर सकते थे उसके बाद मैसेज वगैरह कुछ कर सकते थे उसके बाद ठीक है उसके बाद आया थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन यानी कि थ्री जी जो है दोस्तों थ्री के आने के बाद आप मैसेज भी कर सकते थे आपको कुछ मैसेज भी कर सकते थे कुछ भी फोटो वगैरह भी सेंड वगैरह मल्टीपल वहाँ पे चॉइस हो गया था ठीक है थी जी उसके बाद फिर आया फोर्थ जनरेशन यानी कि फोर लाइट ठीक है फोर जो लाइट है वह आपको 2010 हजार स्पी में आया था 2010 हजार स्पी में फोर आया था ठीक है फोर जी आने के बाद से पूरा का पूरा एकदम मार्केट जो है ना वह पूरा जियो के ऊपर ही छा गया था क्योंकि जियो जो ही पहले सबसे पहले फोर लाया था ठीक है अब आप जानते हैं कि पहले आया वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव जी जो है वह इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आपको यह फाइव जी जो है ना पूरा का पूरा नेटवर्क के बेस पे है पूरा एकदम लोअर फ्रिक्वेंसी रहेगा यानी कि आपको इस पे कोई भी आप काम करेंगे ना तो क्लिक करते के साथ ही स्टार्ट खुल जाएगा वह या फिर चालू हो जाएगा अभी तो फिलहाल यह जो है फाइव हुआ है वह इंडिया के आठ शहरों में स्टार्ट हुआ है दोस्तों ठीक है तो आप, आप मैं आपको बता रहा हूँ कि यह 5G जो है वह फोर से बेटर कैसे है 5G जो है उसका जो रेंज जो भी है ना दोस्तों 4G जी की अपेक्षा आपको कम रहेगा ठीक है उसका रेंज कम रहेगा लेकिन आपको स्पीड जो है ना वह 5G में आपको क्या मिलेगा जो है आपको क्लिक पे आपको 200 कुछ एम 200 कुछ एम 230 दो 240 तीस तो अभी तो नॉर्मल 4G पे मिल रहा है ना वोटर लेकिन जब फाइव आप यूज कीजिएगा आपका छः प्लस छः सौ एम बी पर सेकेंड एम बी आपको मिल जाएगा दोस्तों ठीक है इस प्रकार से आपको 5G के बारे में आपको मैं जानकारी दे दिया हूं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन सा जो है वह फाइव लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में ठीक है उसी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में